पंडाल के विराजमान हाँ। का हाँ। सभी इतना का श्याम का नाम जोरदान चल गा विराजमान सभी भक्ता ने जित्री पंडाल के महीने बिराजत का हो बार सूर्य का मेहमान हो ने जोरदार एक बारे तो याद ऊंचा करें अरे हाथ ने वे तुम मु तो बोल नहीं बोलना ही ध्यान रखो श्याम? भगवान की ये हो पांच हाँ। नारायण भगवान की आराधना करा हाँ कोई भी भगती तमकू पीता हो बंद कर दीजिए नाराज होंगी कोई भी हाँ। जागरण वाला होने वेद ने अंधा के कह दीओ एक बार चालू करवा दीजिए पिया से ही प्रा रहे अरमती वाला का बिराजो हरदा की गुंडी लेहु देवका सिंह तिदा देवी मन गुणडे सदी बेलच्या शिवजी पूर्ण होतबे दुदळा धोके सदान बाळी खेडा की समरो ठोबा के तेले आ बदनोरी समरो बिरुनाथ के कला की समरो ठुबा के तेले बठी कला सोनीचे भरी सभा के ई काकड भाळा तु भरी सभा के आध दागने भेगिए लेहु देवका करते राखू भेरू सोडे प्रदेश रे परली का भेरू अरे गया तलो माजल सभा सभा का का है है छोटे के ढोडो तो माजलर फिंदे लारक को बाड़ा अरे नमो नमो जागण जागर में भेगा को दे राखो भूलिया देवा छोट छोट झोबा भूतिया भूतिया भूलिया देखा की जे हो जगदंबे आर युग तिड़े वो बारे बहा तो कमानी बलान बली दे राकु दे राकु माता मोती एक दो सोका ने ने माता माता सीता रावण झोगी को गड़ या रती नोची हनुवाद जाओ सुखने तो आगे थका मुठी बंदी क्या मनुम लेट आगे बाकी छाती को लागू भी आगे जाओ सीखना ने, थोड़ी देर बैठा तो आगे जाओ आगे जाऊ टवा के बाद विशेष मिले अरे अरे अरे अरे की मोड़ा की मोड़ा सगई जीव एक दना की, वेता दो अरे दो की। की तो चार दिन की, की। शक्ति तो चारीबातरे मृतलोक में देवी देवता अरे अरे जगदम्बा का मृतलोक के महीने उतरे उतरे डोक्रा के करे न मिले आ आ डोक्रा के करे न मिले हां सरी मुटिया जानु पुत्र वे सारा वे दीर्घो तेरो ये देवी दीर्घो तेरो मारी नाका की नतीरा ना दीर्घो तेरो दीर्घो तेरो ये देवी दीर्घो तेरो नाका की नतीरा दीर्घो तेरो दीर्घो तेरो ये देवी दीर्घो तेरो हो दाले रे सरमा दीर्घो तेरो अर दीर्घो आचारी के पंचायत तक आते हो, <laughs> मोटी मोटी पता कर लेकर जो थोड़ा आगे उड़ाओ, हरे घूमती वन बैठ के ताश गोड़ता वैसे, नाराज़ होकर तो थोड़ा आगे उड़ाओ, मोटा होता न कि न क्या हो में, आगे उड़ाओ रूफ़ाला रूफ़ाला होते, बड़ा था का फोटो आई कले, निशिकुंग रे गालो तो भक्करा लातो का आ, दो में आ, आ, आ, आ, में देवी रह जावे जावे ने पड़े मेला मेला घूमर दूजे दूजे अरे दूजे की। ना पड़ जावे राजा बोले के दादा पड़ेरा आपा के भाणी भाणी अरे मेला रहे। मारा भाई हाँ। मारा भाई में भाईजी भाईजी ने ने नंगे कुकर को हाँ। मेला में घूम ले अरे डोकरा ने कुकर नंगे पड़े भाई कुकर घूमर ले रे राज के मारे में लेवे मारी मेला मेला में घूम रहा मेला का तो तू से खबर अपने किए ना हाँ में में में हीरा अरे अरे मेला मेला मेला मेला क्या संभाले आ यो का का का का का दूजरी ना मेल पत्तो करना था आगे आद्या चश्मा देती हाँ हीरा शोरी तुम घूमर अरे मर देता तक आ दूसरे गटका अरे कांगरा थाके दूसरे गडी की था। यो ई कारण थाका मेल में थाका ती को हेरियो एईरा हां वैसा मोटियार जोवन गया पर इना केड़े दिसि वेगी अतरा मोटिया रह गया हां तू तो एक काम करे खडे बाजार आ जा हां थाका अपना जोशी जी महाराज ने लो पाडला खडे बाजार आ त हूं हां हां थाका जोशी जी ने जान बुलाला हूं हां मो थाका दोसी को घर जाणो अरे बाणा ने जाणो ठावी अरे ठोरे मने कहड की के ऐलान बता दो जो बाणो जान मो दोशन बुला लो एरा दोशन का घर का बाणा मो ऐलान मो बताऊंगी बता दो रे नरेश दोसी बेटा किने बुलाणो ला के दो के तेरी हाजरे व्यासई ब्रारी रे, रे आनो अरे के सोन दलकिया बाहा Sorry, I'm not looking for trouble.